आई 2022 में आज नवी मुंबई में डिवाई पार्टी स्टेडियम में आमने सामने थी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें इस मैच में दिल्ली ने पंजाब को 17 रनों से हरा दिया दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श के तिरसठ रनों के दम पर एक रन बनाए पंजाब की बल्लेबाजी को देखकर कर ये लक्ष्य हासिल करना लायक लग रहा था लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों के दम मादार गेंदबाजी करते हुए पंजाब को लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया दिल्ली के लिए शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट ली तो इस प्रकार से कुछ हाइलाइट्स रही इस वाली मैच में तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक तो के लिए भाई भाई मिलते हैं सीधा अब अगली वाली वीडियो में